तो लेकिन पत्नी आना नहीं चाहती अब सेक्शन नाइन की जो पिटिशन होती है उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि मेरी शादी इस तारीख को हुई थी इतने साल इतने वर्ष मेरी शादी को हो गए एक दो बार मेरे ससुराल लाइए सारी चीज़ें उस पिटिशन में लिखना पड़ता है लेकिन दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति सेक्शन नाइन का दावा करते थे सेक्शन नाइन का दावा किस लिए किया जाता है सेक्शन नाइन का दावा इसलिए किया जाता है कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो वापिस एक जगह या बीत सके या आप शादीशुदा जिंदगी में एक साथ आप बनाए रखें या पुनर्स्थापना आपका विवाह जो टूटने की कगार पर है वो वापिस स्थापित हो सके इसलिए सेक्शन नाइन का दावा किया जाता है सेक्शन नाइन का दावा करने का औचित ये होता है कि जैसे लड़का लड़की को रखना चाहता है लेकिन लड़की लड़के के पास रहना नहीं चाहती तो सेक्शन नाइन रखने के लिए पुनर्स्थापना विवाह पुनर्स्थापना के लिए दावा लाया जाता है पिटिशन में स्पष्ट लिखा जाता है क्योंकि बहुत सारे लड़के दिमाग में ये सोचते हैं कि सेक्शन नाइन का दावा करें जिससे कुछ लड़की के तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आए कि वह रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती क्योंकि सिंपल बात है सेक्शन नाइन का आप जैसे दावा करोगे उसमें समझ जारी होंगे समझ जारी होने के बाद लड़की की तरफ से कुछ तो जवाब आएगा जवाब में ये कहेगी या मेरे साथ मारपीट करते हैं मैं रहना नहीं चाहती तो रहना नहीं चाहने का मतलब होता है आपको तलाक भी आसानी से मिल सकता है क्योंकि खुद लड़की एक कह रही है उस जवाब में कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती तो आपको तुरंत तलाक मिल सकता है लेकिन बहुत सारे लड़कियाँ सेक्शन नाइन का दावा करने के बाद बहुत सारे लड़के लड़कियों से परेशान हैं और लड़की लड़के से परेशान है बहुत सारी लड़कियां सेक्शन नाइन का दावा करती कि मैं रहना चाहती हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे रखना नहीं चाहते तो सेक्शन नाइन का दावा आप जैसे लड़की किसी भी उसका हस्बैंड पे दावा करेगी तो उसकी तरफ या तो एक्सपार्टी में सेक्शन नाइन का दावा डिग्री हो जाएगा या उसकी तरफ से कुछ जवाब आएगा सारी चीज़ें होती है इसके बाद स्पष्ट कह दूँ आपको सेक्शन नाइन दावा करने के बाद अगर लड़की चार का दावा लाती है तो वो झूठा साबित हो सकता है क्योंकि एक तरफ तो वह यह करे कि मैं रहना चाहती हूं दूसरी तरफ यह कर चार सौ अठानवे का दावा करके कि मेरे साथ मारपीट करते हैं दहेज की मांग करते हैं तो वो झूठ जुट, सरासर झूठा दावा निकलेगा क्योंकि दोनों तरफ से आप दावा ला नहीं सकते एक तरफ से चार सौ का दावा लाने के बाद भी अगर आप सेक्शन नाइन का दावा करते तो वह भी झूठा हो सकता है क्योंकि दावा आप एक तरफ से ला सकते हो या तो चार का दावा ला सकते हो चार का दावा भी उस कंडीशन में लाएगी जैसे आपको पंद्रह दिन है, बीस दिन पहले आपको घर वाले ससुराल वाले ने आपको धक्का देके आपके साथ मारपीट या दहेज की मांग की है तो आपका चलने योग्य लेकिन आप छः महीने बाद में आकर ये कहते हो कि साहब मेरे इत, मैं में दो साल से घर वालों के पास है मुझे प्रताड़ित करते हैं फ़ोन पे करते हैं तो ये चलने वाला नहीं है क्योंकि अधिकारी मजिस्ट्रेट देखता है कि ये दो साल से आप पैर पी, में हो पेयर में हो तो आपको कैसे प्रताड़ित किया किस प्रकार से दहेज की मांग की आप तो ऑलरेडी आपके पेयर में हो सारी चीजें देखने के बाद देख देखे जाती है इसलिए तो मैं स्पेशल लड़कियों के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेक्शन नाइन का दावा करते हो तो उसके पश्चात आप चार सौ का दावा ला नहीं सकते अगर चार सौ का दावा लाते हो तो लड़की का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका दावा झूठा होगा आपके जो भी तथ्य है वो भी जूटे होंगे क्योंकि आप तो ऑलरेडी जाना चाहते हो और एक तरफ से आप जाना चाहते हो दूसरी तरफ से आप चार का दवा करते हो तो ये सब फर्जी माने जाएंगे इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है आपके साथ सेक्शन 9 का दावा करने के बाद चार सौ का दावा लाते हैं तो आपकी पिटिशन की कॉपी या कोर्ट में जो भी चल रही है उसकी ऑर्डर शीट निकला के आप संबंधित में दे सकते हैं जिससे आपके मुकदमे में एफ भी लग सकती है मुकदमे में आपको मुलजिम बनाने से बच सकते हैं इसलिए दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एक साथ दो दावे नहीं कर सकते एक तरफ तो आप जाना चाहते हो दूसरी तरफ चार सौ चौरानवे का दावा कर रहे हो तो ये गलत है तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू